रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिचासीवे महाअिवेशन को संबोधित किया कमलनाथ ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से 1972 से जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी ही बेरोजगारी संस्कृति की रक्षा संविधान की रक्षा जैसी चुनौतियों से निपट सकती है और देश का विकास कर सकती है कांग्रेस के पिचासीवी अधिवेशन में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए अधिवेशन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्नीस से देश में बहुत कुछ बदला है साथ ही उन्होंने कहा हम आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समर्थन में खड़े हैं आर्थिक प्रस्ताव में बहुत सारी बातें लिखी हैं हमारे देश के सामने बेरोजगारी संविधान की रक्षा और संस्कृति की रक्षा जैसी चुनौतियाँ हैं और ये चुनौतियाँ किसी मंदिर या मस्जिद में जाने से समाप्त नहीं होंगी चुनौतियाँ तभी समाप्त होंगी जब हमारी सोच और योजनाएं केवल इन पर केंद्रित होंगी बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है इसका समाधान सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है मैं आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसके समर्थन में खड़ा हूं आर्थिक प्रस्ताव जो है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। पर जो बुनियादी बात है जो आर्थिक प्रस्ताव के दिल और हृदय की बात है वो है रोजगार ये आज मैं मानता हूं तीन सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं बेरोजगारी हमारी संस्कृति की रक्षा हमारे संविधान की रक्षा मैं तो कहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है कमलनाथ ने संस्कृति की रक्षा पर बात करते हुए कहा कि हम दिल जोड़ते हैं संबंध जोड़ते हैं रिश्ते जोड़ते हैं ये हमारे देश की संस्कृति है जो जोड़ने का काम करती है भारत के अलावा विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां 33 कोटि के देवी देवताओं हो और न ही कोई ऐसा देश है जहां इतने धर्म त्यौहार और जातियां हैं। भारत यदि एक झंडे के नीचे है तो यह हमारी संस्कृति के कारण हुआ है संस्कृति सुरक्षित रहेगी तो देश में बेरोजगारी नहीं रहेगी संविधान पर बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समृद्ध संविधान का निर्माण किया हमें संविधान की रक्षा करनी है इसे गलत हाथों में नहीं जाने देना है हमारे देश की संस्कृति हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है हम दिल जोड़ते हैं संबंध जोड़ते हैं रिश्ता जोड़ते हैं ये देश की संस्कृति है ये हमारे कांग्रेस की संस्कृति है और यही संस्कृति आज हमारे खतरे में है तो कैसे बेरोजगारी दूर होगी अगर हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं रहे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है